तो हम हाँ बात कर रहे हैं आज किस तरीके से आप अपने फॉर्मेटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी पेज फॉर्मेटिंग कोई तो सिलेक्ट तो नहीं किया हुआ ब्लैंक कैनवे एरिया फॉर्मेट कैसे तो देखिए यहां तो वैल्यू उठाकर रखते हैं उस हिसाब से आपके यहाँ पे चीजें आ जाती है और उसके बगल में जो फॉर्मेट का पार्ट होता है जो फॉर्मेट ब्ल है फॉर्मेट कहलाता है राइट आपकी पेज की इंफॉर्मेशन है।, है आप नाम यहां से चेंज कर देता हूँ रिपोर्ट डाल देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे रिपोर्ट है। है वगैरह जिसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड कर सकती है इसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर उसके बाद इसकी आता है पेज की साइज पेज की साइज सिक्स की है आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा लै कर सकते हैं ठीक है कस्टम डिजल्ट उसके बाद इसमें आ, इसके बाद इसकी बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर तो डिफ़ॉल्ट वाइट होता है तो मैंने हाँ पे बैकग्राउंड तो कलर नहीं हुआ क्यों सर तो फिर डेटा नहीं हमने है नहीं डेटा से क्या मतलब एक कलर हो जाना चाहिए था ना सर ट्रांसपेरेंसी समझते क्या होता है कितना परसेंट ट्रांसपेरेंट है मतलब कि पीछे की चीजें कितना परसेंट दिखेगी यहां पे हंड्रेड परसेंट तो डिफॉल्ट होता है मैं इसको अगर जीरो परसेंट करेंगे तब जाके ब्लैक होगा यस सर तो एक यही समझा रहा था आपको चीज आनी चाहिए अब मैं ट्रांसपेरेंट ब्लैक कर दिया मार्जिंग ब्लैक करने के बाद मैं यहां पर चार्ट रखना चाहता हूं चार्ज शो करना चाहता हूं लाइव चार्ज शो करना चाहता हूं डेट वाइड तो मैं डेट को यहां रखा और यहां पे मैंने प्रोडक्ट ए को टोटल करके रख दिया प्रोडक्ट बी रख दिया मैंने, प्रोडक्ट सी रख दिया तीन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डी भी रख देता हूं ठीक है अब मैंने इसको थोड़ा सा यहां रखा अभी देखिए यह लगाया जा रहा है डेट था तो बाई ईयरली ग्रुप होता है अब मैंने इसको यहां से ड्रॉप कर दिया डाउन में क्वार्टरली आ गया और ड्रॉप किया हमारा मंथली अब आ तो गया लेकिन सर उतना आ, आ तो गया बट वो इतना सही तरीके से डिजिलाइज नहीं हो रहा ना सर तो तो बैकग्राउंड की वजह से कम किया होगा मतलब कि कि वो नहीं आ रही है ना अभी पे पे करेंगे जैसे मुझे सबसे पहले इसकी जो बैकग्राउंड वाइट है ना सर दिखा होगा बैकग्राउंड वाइट इसको हम हटा देंगे अभी उतनी अच्छे से नहीं दिख रहा है तो टाइटल तो टाइटल का जो कलर है ब्लैक यहां पे फ़ॉन्ट कलर मैंने व्हाइट ठीक है, है? समझे उसके बाद आपका यहां पे डेटा जो आपका डेटा लेबल है डेटा लेबल ही चाहिए मुझे इसमें एक्सिस डेटा एक्सिस है डेटा लेबल मतलब इसके ऊपर तो नंबर डाल जाएंगे इसकी कलर मैंने व्हाइट कर दी ठीक है उसके बाद हमने Y एक्सिस को लेते हैं, जिसकी भी कलर मैं वाइट कर देता हूं ठीक है उसके बाद इसमें कैटेगरी होगा लेजेंड सॉरी लेजेंड लेजेंड है इसकी कलर मैं वाइट करता हूं ठीक है okay. अब बेटर दिख रहा है ना सर बेटर लग क्या सर yes, राइट right. तो सेटिंग जो है हम तभी कर पाते हैं अब मैं चाहता हूं जिसके अंदर ब्लैक ना हो बट एक इमेज हो ठीक है सर कलर ब्लैक ना हो इमेज तो पेज ग्राउंड में आप यहां से ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और अपने लोकेशन पे चले जाएं जहां आपने इमेज वगैरह रखा है अगर कोई तो इमेज आपको पसंद आता है जैसे कि मैंने इमेज पसंद आया ठीक है uh, यहां भी पर प्रॉब्लम क्या हुआ एक मिनट में बताता हूं वापस एडमिन पे आता हूं और uh, यहां ले लिया सर और, ना और आ रही है कि जो पीछे की चीजें दिक्कत कर रही है जो उसमें इमेज फिट अपना नॉर्मल है फिट तो हो जाएगा अगर फिल करते हैं तो फिल हो जाता है नॉर्मल साइज तो इन साइज ओके आपका बॉल के पेपर आता है बॉल में ब्लैक कर दिया यानी ब्लैक हो गया इसकी ट्रांसपेरेंसी में 100 परसेंट कर देता हूँ तो हट जाएगा नीचे जाए आ बॉल पेपर में सर इसमें भी इमेज एड अब मैं कलर के जगह मैं चाहता हूँ इसमें भी इमेज ऐड हो जाए नहीं हुआ तो ये चीजें आप पेज की अपने हिसाब से कर सकते हैं फिल्टर पेम फिल्टर पे जो आता है इसकी बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए फिल्टर पार्ट उसकी डायग्राउंड क्या होनी चाहिए तो सबकी यहां पे फॉर्मेटिंग पेज से देते हैं तो एक तो है आप पेट से रिलेटेड जो चीजें आप कर सकते हैं okay. तो फॉर्मेटिंग भी बहुत सारे केसेस में इफेक्ट करती है समझ रहे हैं सर हाँ यस सर तो फॉर्मेटिंग को पूरा डिटेल में समझना जरूरी है और यहां पे प्रॉब्लम है कि यहां हर हर डिजिटाइजेशन का फॉर्मेटिंग जो है वो अलग अलग होता है टेबल की फॉर्मेटिंग अलग है टेबल में मैथमेटिक्स की फॉर्मेटिंग अलग है। जैसे मान लीजिए कि मैंने टेबल लिया, राइट जो मैं कल बताया था आपको नंबर यहां पर मान लीजिए मैंने डेट को रखा और मैंने फोटा पूरा से ला लिया दे ठीक है क्या भी सर? यस अब इसमें अगर मैं करूं अब मैं यहां से यह हटा देता हूं मंथली कर देता हूं अब इसमें मैं प्रोडक्ट को नीचे करूंगा तो इस तरह से लाएंगे अब इसकी फॉर्मेटिंग में डालते हैं तो यहां पे अलग फॉर्मेट इसी को अगर तो मैं अगर सिलेक्ट कर लेता हूं मैट्रिक्स फॉर्मेट में तो यह अलग फॉर्मेट होता है समझे तो इसमें आपको अब अपने हिसाब से देखेंगे तो जाकर आपको पता चलेगा कि आके होता क्या है ठीक है okay, okay. अब इसमें हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में तो देखिए सब टोटल सब टोटल मतलब कि जैसे यहां पर आपने क्वार्टर वर्ड कावन जीरो सब टोटल से करेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च तक टोटने यहाँ दिखेगा तो सब टोटल की फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए रोज सब टोटल चाहिए ठीक है नहीं चाहिए हटा दीजिए नहीं चाहिए नहीं आएगा ठीक है उसकी फॉर्मेटिंग उससे रिलेटेड चीजें अप्लाई लेबल्स लेबल चाहिए आपको ठीक है नहीं चाहिए हटा दीगा उसी तरह से ग्राम टोटल चाहिए ग्राम टोटल हटाएगा तो हर किसी का फॉर्मेटिंग अपना होता है पेज का अलग हो। तो थीज़े, दो चीजें जो है इसकी बदलती हैं पहली आपकी बदलती है फॉर्मेट बदलती है इसमें जैसे आप मैं टेबल सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर एक चीज दिखती है वो है हमारी वैल्यू इसमें रोज कॉलम वगैरह नहीं दिखती है ओके तो हर चीज में यहां आपको अलग अलग सेटिंग्स होते हैं तो आप किसी एक सेटिंग को जान लीजिए इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी सेटिंग्स को जान जाएंगे okay. सर